इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल लोन्सेस हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था कि पर्सनल लोन्स हर इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल होता है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट ये पर्सनल लोन्स किसको मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम लिमिट कितनी है तो आपकी जो इनकम लिमिट है वो है वन इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी शख्स की इनकम वन तक है या वन से कम है तो उसको हमेशा फुल ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का पर्सनल अलाउंस मिल जाएगा ठीक है जी अच्छा अब ये इनकम लिमिट कौन सी है क्योंकि हमारे पास टोटल इनकम भी होती है नेट इनकम भी होती है टैक्सेबल इनकम भी होती है सो इसे डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम विच इज़ कॉल्ड एज एडजस्टेड नेट इनकम अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड नेट इनकम रूल आप लोगों को याद रखना है रूल ये है कि अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम एक लाख से एक्सीड कर जाती है तो पर्सनल अलाउंस की आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि पर्सनल अलाउंस कितना अवेलेबल होगा क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम एक लाख से एक्सीड करेगी आपका पर्सनल अलाउंस जो होगा वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब आपका पर्सनल अलाउंस हंड्रेड एलिमिनेट हो जाए और पी बिकम्स जीरो अगर आपको रिडक्शन कैलकुलेट करनी है तो रिडक्शन के लिए फार्मूला आप याद रखें ये फार्मूला है आप अपनी एडजस्टेड इनकम कैलकुलेट करेंगे पहले उसको कंपेयर करेंगे 100,000 हंड्रेड के लिमिट से जितना एक्सेस आएगा उसको टू से डिवाइड कर देंगे जी जितना एक्सेस आएगा उसको टू से डिवाइड कर देंगे फॉर एग्जांपल मेरा ए है एक लाख बीस हजार और इनकम लिमिट है एक लाख तो एक्सेस आया बीस हजार बीस हज़ार को टू से डिवाइड किया टेन थाउजेंड इज़ द रिडक्शन इसका मतलब है बारह पर्सनल अलाउंस अवेलेबल तो है लेकिन ड्यू टू इनक्रीजिंग इनकम दस हजार की रिडक्शन होनी है एंड द लेफ्ट ओवर अमाउंट बिकम्स 12,500 हंड्रेड अच्छा एडजस्टेड नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट कि आपको एडजस्टेड नेट इनकम का पता होना चाहिए तो एडजस्टेड नेट इनकम के लिए आप ये फार्मूला रखें कि हमें नेट इनकम चाहिए विच इज टोटल इनकम माइनस रिलीफ माइनस इसमें दो चीजें हमें एडजस्ट करनी है अगर गिवेन नहीं है तो नेट इनकम इज इक्वल टू एडजस्टेड नेट इनकम और अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों चीज़ें गिवन है तो हमें उसको एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा पहली चीज़ है ग्रॉस याद रहे ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन अगर आप किसी पर्सनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं तो जितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो नहीं ग्रॉस अमाउंट आपको यहाँ से डिडक्ट करना है सिमिलरली अगर आपने किसी गिफ्ट एड डोनेशन स्कीम के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया है एचएमआरसी uh, की जो स्पेसिफिक डोनेशन स्कीम्स होती हैं ग्रॉस गिफ्ट एड जिसको वो रिक्नाइज करते हैं इसमें भी अमाउंट नेट गिफ्ट एड डोनेशन नहीं होना चाहिए ग्रॉस होना चाहिए दोनों ग्रॉस होने चाहिए ये दोनों अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट इज कॉल्ड एडजस्टेड नेट इनकम ना अब देखें रूल क्या है कि अगर एडजस्टेड नेट इनकम 100,000 या उससे कम होगी तो आपको पूरा पर्सनल अलाउंस मिलेगा अगर एडजस्टेड नेट इनकम 100,000 से ज़्यादा होगी तो आपका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा और अगर आपका ए 125,000 या उससे ज़्यादा हो जाए तो अंडरस्टूड बात है कि पीए विल बी ज़ीरो और कैलकुलेशन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप ये कह सकते हैं कि एज़ ए इज़ वन और मोर सो पी विल बिकम ज़ीरो अदरवाइज़ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब इसकी समरी ये बनती है कि एक सिनेरियो ऐसा होगा जिसमें आपको फुल 12,500 मिलेगा ये कब होगा जब आपकी इनकम 100,000 या उससे कम होगी एक सिनेरियो ऐसा होगा जिसमें आपका पीए जीरो हो जाएगा ये कब होगा जब आपकी इनकम 125,000 उससे ज़्यादा होगी और तीसरा सनारियो जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी वो कब होगा जब इनकम एक लाख से ज़्यादा होगी लेकिन वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से कम होगी और उसकी हम कैलकुलेशन सीखेंगे अब फॉर एग्जांपल एक, एक सिंपल सी एग्जांपल है एक शख्स की टैक्स टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम दी हुई है अस्सी हज़ार उसका डिविडेंड इनकम दिया हुआ है दस हज़ार कैलकुलेट इनकम टैक्स लाइबिलिटी हमें पता है कि इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त हमें पी की ज़रूरत पड़ती है तो हम देखें इनकम क्योंकि वन से लेस है कोई कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं है हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर लेंगे जी पी ए अवेलेबल इज़ ट्वेल्व थाउजेंड और इसको बेस बनाकर हम अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज़ीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोफॉर्मा बनाएँ नॉन सेविंग इनकम निकालें सेविंग इनकम निकालें रेट लगाएँ ये हम अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कर चुके हैं अगर मैं एक ऐसा सेरियो बनाता हूँ जिसके अंदर पी रिड्यूस मुझे करना है सो दैट सियो बिकम्स कि एक शख्स की आ, टैक्स एडजस्टेड इनकम बनती है वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड इसमेंसनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एंड देन कैलकुलेट पर्सनल अलाउंस अब इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि पर्सनल अलाउंस की क्या पोजिशन बनती है तो सबसे पहले तो हम uh, अपनी इनकम देखेंगे हमारी टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम जो है वो दी हुई है वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड अच्छा इस सवाल में कोई रिलीफ नहीं है तो यही हमारी नेट इनकम होगी और इस नेट इनकम में से हम डिडक्ट कर देंगे ग्रॉस पीपीसी ये ग्रॉस दिया हुआ रिम्बर अगर, अगर ग्रॉस नहीं दिया हुआ होगा तो हम डिस्कस करेंगे कि इसको ग्रॉस कैसे किया जाता है थर्टी थाउजेंड ये हमने डिडक्ट कर दिया और ये आपके पास आ गया एक लाख अट्ठारह एंड दिस इज़ एम ए हमने रूल ये पढ़ा था कि अगर एक लाख पच्चीस से कम हुआ तो रिडक्शन होगी अब हम रिडक्शन कैलकुलेट करेंगे सो पर्सनल अलाउंस अवेलेबल कितना होता है 12,500। इसमें से हम रिडक्शन की वर्किंग कर लेते हैं तो हमारे पास अवेलेबल पर्सनल अलाउंस आ जाएगा ए है आपका एक लिमिट है आपके पास एक लाख तो एक्सेस हुआ अट्ठारह और इस एक्सेस को या तो आप फिफ्टी से मल्टीप्लाई कर दें या टू से डिवाइड कर दें हमारे पास आंसर बनता है नाइन थाउजेंड सो बारह हजार पाँच सौ में से अगर आप नाइन थाउजेंड डिडक्ट कर दें तो तीन हजार पाँच सौ का अवेलेबल पर्सनल अलाउंस है जो हम टैक्स की कैलकुलेशन में रिडक्शन के तौर पर डिडक्ट कर, कर दें अब इसी के अंदर अगर हम ये एज्यूम कर लें फॉर एग्जांपल कि ग्रॉस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह हमें नेट पेंशन कंट्रीब्यूशन दी हुई है तो क्या किया जाएगा तो so, देखिए जब भी नेट पेंशन कंट्रीब्यूशन या नेट गिफ्टेड डोनेशन दिया जाए दोनों का एक ही रूल है फॉर एग्जांपल, 8000 आपको नेट पेंशन कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो अब इसका रूल ये होता है इसको ग्रॉसअप करने का तरीका ये होता है कि आप इस आठ को पॉइंट से जी पॉइंट हमेशा पॉइंट से डिवाइड करते तो जब आठ हज़ार को पॉइंट एट से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा दस अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने से पॉइंट एट से डिवाइड क्यों किया तो रूल ये है कि जब आपको किसी पर्सनल पेंशन में कंट्रीब्यूट करना है फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है से सपोज़ टेन थाउजेंड रुपीज़ तो उसका रूल ये होता है कि इसका ट्वेंटी परसेंट यानी कि टैक्स अथॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूट करती और आप हमेशा उसका 80 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो भी वैल्यू हमने कंट्रीब्यूट की हुई होती है वो नेट कंट्रीब्यूशन होती है तो वो हमेशा 80 परसेंट होगी इसलिए ग्रॉसअप करने के लिए हम नेट को पॉइंट से डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि ओरिजिनल अमाउंट जो कंट्रीब्यूट हुआ है दोनों का मिलाकर वो कितना है और उसको हम वहाँ पर एडजस्ट करते हैं ना फॉर एग्जांपल टेक एन एग्ज़ाम्पल एक शख्स की पास एम्प्लॉमेंट इनकम है विच इज़ अ नॉन सेविंग इनकम वो एम्प्लॉमेंट इनकम है एक लाख अट्ठारह हज़ार था। और उसके पास नेट पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन है चार हज़ार का और उसके पास नेट गिफ्ट एड डोनेशन भी दिया हुआ है और वो नेट गिफ्ट एड डोनेशन है 1600 सौ रुपये कैलकुलेट हाउ मच पर्सनल अलाउंसेज अवेलेबल अब इसके अंदर हम ग्रॉस अप करने का तरीका भी सीख लेंगे और पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन भी सीख लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हमें एडजस्टेड नेट इनकम निकालनी है तो उसके लिए टोटल इनकम हमारे पास आ गई एम्प्लॉयमेंट इनकम यही टोटल इनकम हमारी नेट इनकम बन जाएगी अब इसमें से हम माइनस करेंगे ग्रॉस पी अब देखिए मैंने आपको एक रूल बताया कि ग्रॉसअप करने का तरीका ये होता है कि आप पॉइंट से डिवाइड कर तो 4000 को पॉइंट से डिवाइड किया जाए 4000 डिवाइडेड बाय पॉइंट एट सो ये 5000 हो गया ओरिजिनल 5000। उसके साथ आपने गिफ्ट एड क्रॉस को डिडक्ट किया और वो हमारे पास टोटल था नेट 1600 तो 1600 को हमने पॉइंट से डिवाइड करना रूल सेम रहेगा ये आ गया दो अब हमारा ए आता है फाइनली एक माइनस फाइव माइनस टू या आगे एक लाख ग्यारह हज़ार अब हमें ये पता है कि अगर ए एन एक लाख से ज़्यादा हो लेकिन एक लाख पच्चीस हजार से कम हो तो पर्सनल अलाउंट रिड्यूस हो जाता है। सो अवेलेबल पर्सनल अलाउंस फॉर दिस टैक्स ईयर इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें हमने रिडक्शन दिखानी है रिडक्शन का रूल क्या है ए माइनस इनकम लिमिट डिवाइडेड बाय टू एक लाख ग्यारह हज़ार एक्सिस आया आपका ग्यारह हज़ार दो से डिवाइड किया फ़ाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो हमारे पास सात हज़ार का अवेलेबल पर्सनल अलाउंस है जो जो हम अपनी टैक्स की कंप्यूटेशन में ले सकते। तो ये हमने ओवरऑल रूल डिस्कस किया कि पर्सनल पर्सनल अलाउंस अलाउंस जीरो भी भी हो सकता है, पूरा 12,500 हैलकुल 12 है। है सीखी थी और हमने कि हमारा बेसिक बैंड जो है वो वन से लेकर थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक होता है और उसके बाद हमारा जो हायर बैंड होता है वो थर्टी सेवन फाइव ज़ीरो वन से स्टार्ट होता है और हमारा जो एडिशनल बैंड होता है वो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड वन से स्टार्ट बाय है onwards. और इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट रेट्स होते हैं नॉन सेविंग के ट्वेंटी रेट्स फिर नॉन सेविंग के रेट्स फोर्टी और फिर नॉन सेविंग के रेट्स 45 परसेंट ये नॉन सेविंग की मैं एग्जांपल आपको तो दूंगा अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ड्यू टू ग्रॉस पीपीसी एंड ग्रॉस गिफ्ट एंड डोनेशन इन दोनों की वजह से यानी कि जब आपके सवाल में ये दोनों होंगे या कोई एक चीज़ होगी तो उसका एक इम्पैक्ट क्या होगा उसकी एक इम्प्लिकेशन क्या होगी कि आपका जो बैंड है वो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा इट्स अ वेरी गुड बेनिफिट बैंड एक्सटेंशन बैंड एक्सटेंड हो जाएगा बैंड एक्सटेंशन कैसे होगी फॉर एग्जांपल, सपोज़ कर लें कि ग्रॉस पी, -पी है 5000 अब आपका जो ओरिजिनल बैंड है बेसिक वो स्टार्ट होता है 1 से लेकर 37,500. आप उस 37,500 में ये पाँच हज़ार एड करिए ग्रॉस पीपीसी ऐड सी तो आपका जो बैंड है उसकी लिमिट हो गई 42,500. इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियसली 37,500 तक 20 परसेंट टैक्स लगता था अब 42,500 तक पे 20% टैक्स लगेगा इसका मतलब ये है कि अब आपकी टैक्स लाइबिलिटी और कम हो जाएगी ये आपको एक बेनिफिट मिल रहा है सो दैट मीन्स जितना आप पी में कंट्रीब्यूट करेंगे जितना आप गिफ्ट एड डोनेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे उतनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी मिनिमाइज़ हो सकती है इसी तरह अब आपका जो हायर रेट बैंड होगा वो फोर्टी से शुरू होगा और इसी तरीके से वन लैख फिफ्टी थाउजेंड में भी हम सेम ग्रॉस अमाउंट ऐड कर देंगे एंड इट बिकम्स वन लैख फिफ्टी फाइव तो जो भी ग्रॉस वैल्यू है वो हम पहले बैंड की एंडिंग वैल्यू में एड करते हैं और दूसरे बैंड की एंडिंग वैल्यू में ऐड करते हैं सो so एकॉर्डिंगली जो एडिशनल रेट होगा अब वो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड से स्टार्ट नहीं होगा अब वो वन लैक फिफ़्टी फाइव थाउजेंड एंड वन से स्टार्ट होकर जितना ज़्यादा होगा ऑनवर्ड्स उसके ऊपर जो रेट लगेगा नॉन सेविंग का वो फोर्टी फाइव परसेंट तो ये बात ध्यान में जब भी क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस पी दिया हुआ और इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो उसका इम्पैक्ट ए पे भी पड़ेगा उसका इम्पैक्ट पी की कैलकुलेशन पे भी आएगा और उसके बाद उसकी बैंड एक्सटेंशन करनी लाजमी है ताकि आपकी जो भी मिस्टेक है वो ना हो सके सकेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन पर्सनल अलाउंस एंड बैंड एक्सटेंशन सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नॉन सेविंग इनकम मौजूद है एम्प्लॉयमेंट इनकम और ये एम्प्लॉयमेंट इनकम हमारे पास है सपोज वन लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड और हमारे पास नेट uh, पीपीसी दिया हुआ है आठ लायबिलिटी न सबसे पहले तो एक चीज देखनी है हमारे पास वन टाइप ऑफ इनकम है दैट इज नॉन सेविंग इनकम मेनली तो परफॉर्मा की जरूरत नहीं परफॉर्मा की वहां जरूरत होती है जब दो या तीन सोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास हो तो सबसे पहले तो हमने क्या किया सबसे पहले तो हमने ग्रॉस पीपीसी फाइंड आउट करी और इस ग्रॉस पीपीसी पी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय पॉइंट एट तो ये ग्रॉस पीपीसी हमारा हो गया दस हज़ार ग्रॉस पीपीसी फाइंड आउट करने के बाद अब हम अपनी एडजस्टेड नेट इनकम निकालते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम है एम्प्लॉयमेंट इनकम एक उस एम्प्लॉमेंट इनकम में से हमने क्रॉस पी एडजस्ट कर दिया 10,000 रुपए एक लाख अट्ठारह की एन आई हमारे पास आती है ना रूल क्या है कि एन जो है वो अगर एक लाख से ज़्यादा है तो पीए जो है वो रिड्यूस होना चाहिए अब हम पर्सनल अलाउंस की कैलकुलेशन करते हैं अवेलेबल पर्सनल अलाउंस होता है 12,500। इसमें रिडक्शन हमें करनी है रिडक्शन हो गई 1,18,000 लाख अट्ठारह हज़ार माइनस एक लाख विच इज़ द इनकम लिमिट डिवाइड बाई टू इसका मतलब नौ हज़ार एंड रिजल्टिंग अवेलेबल पी ए एस अच्छा जी क्योंकि ग्रॉस पी है तो बैंड एक्सटेंशन भी होगी इसकी भी सेपरेटली वर्किंग शो करनी होगी बैंड एक्सटेंशन अब आपका जो बेसिक बैंड है वो वन पाउंड से स्टार्ट होगा थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टेन थाउजेंड सो इट विल बी फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका जो नेक्स्ट बैंड होगा वो फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव जीरो वन से स्टार्ट होगा एंड इट बिकम्स वन लाख सिक्सटी थाउजेंड अच्छा जी अब हम इनकम टैक्स कम्पटिशन पे आते हैं तो उसके लिए पहले हमें टैक्सेबल uh, इनकम निकालनी होगी तो एम्प्लॉयमेंट इनकम हमारे पास है वन लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड अब हम अपने प्रोफार्मर की तरफ जा रहे हैं इम्प्लॉमेंट इनकम है हमारे पास वन लैख ट्वेंटी एट इज़ नो रिलीफ सो यही नेट इनकम होगी और इस नेट इनकम में से हम पीए माइनस कर देंगे तो अवेलेबल पी हमारे पास आया था थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड का सो so, हमारी टैक्सेबल इनकम जो होगी दैट वुड बी एक लाख अट्ठाईस हजार माइनस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो इट्स वन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस पर हमें टैक्स लगाना है बैंड को आप आइन में रखें बैंड आपका एक्सटेंड हो गया है इनकम टैक्स कंपटेशन सबसे पहले हमें बेसिक बैंड देखना है 47,500 तो हमारी जो नॉन सेविंग इनकम है 47,500 तक हमें 20 परसेंट टैक्स देना है थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि बैंड एक्सटेंड हो चुका है ये बनता है नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अच्छा अब हमारी टेक्सीबल इनकम सेकेंड बैंड के अंदर फॉल हो रही है इसका मतलब है एडिशनल इनकम के ऊपर हमें फोटी परसेंट टैक्स देना पड़ेगा और वो एडिशनल इनकम हमारी बनती है वन टू फोर 500 हंड्रेड माइनस फोर्टी सेवन थाउजेंड से मल्टीप्लाई बाय थ्री जीरो अगर ये बैंड एक्सटेंड नहीं होता तो 37,500 के ऊपर 20 परसेंट लगता और अब इनकम के ऊपर 40 परसेंट तो हमारी सेविंग यहाँ पर हमें नजर आ रही है क्लियरली कितनी सेविंग है इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एम्प्लॉयमेंट इनकम वन लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड ने हमने उसको ग्रॉसअप किया डिडक्ट किया ए निकाला ए को फिर पर्सनल अलाउंस कैलकुलेट किया फिर बैंड एक्सटेंड किया और उसके बाद हमें बैंड एक्सटेंड करने के बाद इनकम टैक्स लायबिलिटी हमने कैलकुलेट की सो पर्सनल अलाउंस अगेन पर्सनल अलाउंस 12,500 अवेलेबल फॉर ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू एन इनकम लिमिट ऑफ 100,000 जिसकी वजह से पर्सनल अलाउंस जीरो भी हो सकता है 12,500 भी हो सकता है लेस देन 12,500 भी हो सकता है इट डिपेंड्स ऑन आपकी इनकम लिमिट विच इज़ एन आई और एन कैलकुलेट करते वक्त पेंशन और गिफ्टेड uh, डोनेशन का हमें ख्याल रखना है बैंड एक्सटेंशन का ख्याल रखना है एंड सो एंड सो